हेलो फ्रेंड्स कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो आइए देखते हैं कैसे कोई को, आप कोई सा भी इंस्टॉल कर सकते हैं आइए देखते हैं कैसे कर सबसे पहले आप जाइए गूगल पे गूगल पे डालिए गेट इंटू पी सी गैट इंटू पी सी गेट इंटू पी डालेंगे तो पहला ही पेज खोल लीजिए गेट इंटू पी सी डाउनलोड फ्री ओवर डिज़ायर्ड ऐप से खोलने के बाद ये पेज खुलेगा आपके राइट साइड में सर्च बॉक्स आ जाएगा यहाँ लिखिए जो भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है उसका नाम लिखिए जैसे मुझे कोरल ड्रो इंस्टॉल करना है C O R E L D R A W कोरल ड्रो मुझे इंस्टॉल करना है तो मैंने सर्च करा और एंटर दबा दिया एंटर दबाने के बाद आपके यहाँ जो भी लेटेस्ट वर्जन आते हैं वो सबसे सब ऊपर आ आते हैं जैसे कोरल ड्रो टेक्निकल सूट 2020 फ्री डाउनलोड तो यहाँ पे सभी सॉफ्टवेयर फ्री हैं दोस्तों कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं आप तो यहाँ पे कोरल ड्रो है जैसा आपका सिस्टम के हिसाब से जैसे भी कोई भी इंस्टॉल करना है तो जैसे ए ट्वेंटी है तो आपको सिस्टम भी हैवी चाहिए है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या चाहिए आपके सिस्टम में तो आइए देखते हैं ये आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट ऑफ कोरलो टेक्निकल सूट 2020। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ एक्सपी विस्टा सेवन एट एट पॉइंट वन टेन इन में इंस्टॉल हो सकता है रैम फोर जी चाहिए इंस्टॉल करने के लिए हार्ड डिस्क थ्री फाइव जी चाहिए प्रोसेसर इंटेल इंटेल कोर टू टू और हाइर इससे ऊपर का तो यदि आपके सिस्टम में ये सब चीज़ अवेलेबल हैं तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं न तो नहीं तो आइए मैं आपको दूसरा ही सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ मैं कोरल करता हूँ फोर्टीन क्योंकि वो मैक्सिमम कंप्यूटर में चल जाता है उसके स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं तो आइए कोरल ड्रो x4 फोर फ्री डाउनलोड तो x4 का मतलब फोटीन वर्जन है तो हम इसे इसकी इस पर वो देख लेते हैं रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसकी तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, 8, 8.1, 10 रैम टू जी हार्ड डिस्क स्पेस चाहिए वन जी और ये आई थ्री मीबी चल जाएगा मिनिमम चल जाएगा सभी मैक्सिमम चल जाएंगे तो फुल सेटअप पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना चालू हो जाएगा तो जो मैंने स्टोर वो पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है मुझे करने की ज़रूरत नहीं है तो मैंने इस पर डबल क्लिक मतलब खोलने के लिए डबल क्लिक किया उसका पासवर्ड मांगता है दोस्तों पासवर्ड भी यही देता है गेट इनटू पीसी पासवर्ड ये आपका देगा जैसे आप सेटअप के नीचे देखोगे तो पासवर्ड लिखा है वन टू थ्री तो ये ही आपको पासवर्ड देगा यही पासवर्ड डालना होता है जब हम अपनी फ़ाइल खोलते हैं तो अपनी फ़ाइल खोलने के लिए हम डालेंगे वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री डालने के बाद ये ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद ये आ गया कोरल ड्रो फोरटीन इसको हम कॉपी कर लेंगे या एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो ये जिप फाइल में देता है ये सॉरी रार, रार फाइल में देता है आपके सिस्टम में रार फाइल होगा तभी ये खुलेगा अन्यथा नहीं खुलेगा तो इसको कॉपी करने के बाद हम ले जाएंगे डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेंगे डेस्कटॉप पे या आपकी यहाँ डी ड्राइव में भी पेस्ट कर सकते तो पेस्ट करने के बाद मेरे पास ये फॉर्डर चौदह आ चुका है इस पर इसे खोलने के बाद ये आपका सेटअप आ गया है सेटअप ओपन करेंगे तो इंस्टॉल के लिए यस और नो पूछेगा तो आप येस करके बाद ये सेटअप चालू हो गया फिर इस पर क्लिक करेंगे फिक्स कोरल फिक्स कोरल पे क्लिक करेंगे तो हमारा सीरियल नंबर पूछेगा ये सीरियल डालना है आपको सीरियल डालते आपका स्टोर हो जाएगा